हेलो गाइस कैसे हो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में यम्मी डिशेस में तो आज हम बनाएंगे कि यम्मी सैंडविच कैसे बनाते हैं आप इसे ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या शाम को क्या खाएं उसका क्वेश्चन तो हम ये इजी सैंडविच बनाना जल्दी सीखते हैं चलिए आइए मेरे साथ तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मैंने ग्रीन चटनी पहले से ही बना ली हुई है इसमें मैंने डाला है धनिया तीन ग्रीन चिली जिंजर गार्लिक एक टमाटो लेमन जूस एक स्पून आधा स्पून शुगर और एक टोस्ट डाला हुआ है जो हम चाय के साथ खाते वो और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए फिर मैंने एक बाउल में लिया है थोड़ा सा घी फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल उसको एकदम गरम होने देंगे हम मैंने थोड़ा ओल डाला है देख सकते हो इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने गरम होने के लिए रखा है हम बनाएंगे मसाला मैंने पहले से ही आलू को बॉईल करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये मसाला की रेसिपी ही आपको शेयर करूँगी तो गाइस तेल गरम हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज मैंने इसको बारीक काट कर रख दिया था पहले से ही आप देख सकते हो तो इसको एकदम बारीक काटना है मैंने इसे चॉपर में काट किया हुआ है आप चाहे तो अपने हिसाब से कट कर सकते हो इसको हम एकदम रेड ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे इसे आपको हिलाते रहना है इस तरह से आपका जो ओ, प्याज है वो चिपके ना आप देख सकते हो कंटिन्यूसली आपको ऐसे ही करना है अब हम डालेंगे उसमें जो हमने पहले ग्रीन चटनी बनाई थी ना उसमें हम थोड़ी सी वो ग्रीन चटनी डाल देंगे क्योंकि हमने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली धनिया उस सबका टेस्ट आ जाएगा इसमें हमने इसमें लेमन भी ऐड कर दिया है सो हम ये ही इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे फिर हम धनिया पाउडर हल्दी मिर्च नमक मैंने नमक बॉईल करते समय आलू में थोड़ा डाला था तो आप चाहे तो इसमें आपके अनुसार आपको जितना भी नमक चाहिए उस टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हो जी मैंने इसमें डाल दिया है अभी मिर्च आप देख सकते हो आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना मिर्च डाल सकते हो फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया हुआ है क्योंकि इसमें नहीं है इसलिए आप चाहे तो स्किप कर सकते हो आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हो फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे गरम मसाले से क्या रहता है कि आपका टेस्ट है ना वो अच्छा आएगा और आपको ये टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि क्या रहता है कि आपको अलग अलग मसाले रखने नहीं पड़ेंगे मैं सभी में गरम मसाला यूज़ करती हूँ क्योंकि गरम मसाला एक ऐसी चीज़ है कि वो सभी में चलता है वो क्या है कि सैंडविच का मसाला नहीं लेना पड़ता अगर मुझे कुछ और बनाना है तो मुझे उसका मसाला लेना नहीं पड़ता गरम मसाला सब में चलता है इसलिए मैं प्रीफर करूंगी कि गरम मसाला ही ऐड करूं अब हम इसमें जो आलू हमने बॉईल किए हुए थे उसको मैंने मैश कर दिया था पूरी तरह से अब हम उसको इसमें मिक्स करेंगे मैंने एकदम मैश कर दिया है आप एक बार क्लियर कर लेना कि पूरी तरह से मैश हो चुका है क्योंकि क्या रहता है कि अगर वो थोड़े थोड़े रह गए ना पूरी तरह से मैश नहीं हुआ तो वो आपको सैंडविच में वो ब्रेड फट जाएगा ऐसा होता है तो आप उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए देखिए मैंने ये अच्छे से मिक्स कर दिया है ये हमारा तैयार हो चुका है मसाला अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे ऊपर से आप देख रहे हो कितना टेस्टी या दिख रहा है अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देंगे तो यह रेडी है अब हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं एक प्लेट में मैंने ब्रेड लिया हुआ है दो स्लाइस ब्रेड के लिए हुए हैं। अब हम इसमें घी लगाएंगे। आप चाहे तो बटर लगा सकते हो लेकिन मुझे घी ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं घी यूज़ करूँगी दोनों ब्रेड पे मैंने लगा दिया है घी अब हम इसमें जो ग्रीन चटनी बनाई है उसको यूज़ करेंगे आप चाहे तो बटर का यूज़ कर सकते हो लेकिन घी का टेस्ट अच्छा रहता है अब हम ये ग्रीन चटनी दोनों स्लाइस में लगाएंगे, अब अच्छे से स्प्रेड करेंगे चारों ओर से अब देख सकते हो ऐसे हल्के हल्के हाथों से हम ऐसे स्प्रेड करेंगे दोनों ब्रेड ऐसे हो जाए ग्रीन चटनी स्प्रेड हो जाए इसके बाद हम उसमें जो मसाला बनाया है सैंडविच के लिए वो हम यूज़ करेंगे आप हाँ देख सकते हो अच्छे से चारों तरफ से हम इसको स्प्रेड करेंगे अब हम इसमें मसाला डाल देंगे मसाला को भी हम चारों ओर ऐसे ही कर देंगे फैला देंगे ताकि हमारी सैंडविच में ज़रा सी भी खाली ना रहे सैंडविच भरी भरी होनी चाहिए खाली खाली सैंडविच अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा मसाला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मसाला ही सैंडविच में अच्छा लगता है अब हम इसको कवर कर देंगे कवर करने के बाद हम ऊपर में भी उसमें घी लगाएंगे आप चाहे तो बटर यूज़ कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है फिर हम उसको पलट देंगे उसके ऊपर भी पीछे भी हम घी यूज़ कर देंगे अच्छे से फिर हम मशीन लेंगे आप चाहे तो तवे पर भी बना सकते हो लेकिन मेरे पास मशीन है तो मैं मशीन का यूज़ करूँगी इसमें रेड लाइट चल रही है और हम ग्रीन लाइट होने तक इसका इंतज़ार करेंगे तो आप तवे पर भी बना सकते हो आप देख सकते हो सैंडविच रेडी हो गई है सैंडविच एकदम परफेक्ट बन गई है आप तवे पर बना सकते हो उसमें भी ऐसा ही बनता है अगर सैंडविच मशीन नहीं है तो आप उसमें भी बना सकते हो तो हमारी सैंडविच तैयार है हम उसमें चीज़ ऊपर आपको पसंद है तो चीज़ डाल देंगे आप चाहें तो जो मसाला डाला था हमने उसके ऊपर भी चीज़ डाल सकते हो उसके ऊपर भी अच्छा लगेगा लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन के लिए मैंने इसको ऊपर से डाला है चीज़ तो ये दिखने में भी, भी अच्छा लगता है तो गाइस बताइए कैसा लग रहा है आप इसको केचप के साथ सर्व कर सकते हो तो गाइस आप मेरे कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू